सुना है इश्क करने जा रहे हो तुम वो तो ठीक है लेकिन एक बात सुनते तू जाना चिंदा तो आओगे तुम लेकिन जी नहीं पाओगे